दोस्तों ये लड़का अपनी ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसकी मैनेजर अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है जिसके बाद यह लड़का उस लड़की को उठाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो होश में नहीं आती है फिर यह लड़का उस लड़की को अपने बेडरूम में ले जाता है और तभी उस लड़के की पत्नी वहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को इस हालत में देख वो इन दोनों को गलत समझती है और फिर वो अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ चली जाती है दोस्तों लड़के ने सही किया या गलत आप कमेंट करके जरूर बताना